हेलो वेलकम टू माय यूटूब चैनल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज दो 2022 इस अगस्त के बाद से जो मेरा अपने फिनों का जो ये है मतलब नड़फों का सेटिंग किस प्रकार से करना है ठीक है तो सबसे पहले अपना क्रोम खोलेंगे मैं क्रोम खोल लेता हूँ ठीक है क्रोम खोलने के बाद जाना है अपने फिनों के आई पे ठीक है तो यहाँ पे देखिए मैं अपना फिनो का आईडी डी लॉग कर लेता हूँ फिनो का आईडी डी करने के बाद जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग किस प्रकार से ये मतलब आप लोगों के लिए वीडियो मैं कैसे बना पाऊँगा क्योंकि सपोर्ट तो हमेशा किसी न किसी को जरूरत होती है अभी यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क सुनो है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है नेक्स्ट करना है आप नेक्स्ट ना करके यहाँ पे जाएं बायोमेट्रिक पे और यहाँ से आकर के यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्या करना है मोरफो सेटअप डाउनलोड कर लेना है क्या करना है मोरफो सेटअप डाउनलोड कर लेना है यहाँ से ओपन देखिए कैमरा डाउनलोड है पहले से ही इसलिए इतना जल्दी हो गया आप आप क्या करें कि अलग से डाउनलोड कर ले एक्सट्रैक्ट कर लेना है डेस्कटॉप पे पर यहाँ पर डेस्क टॉप पर देखिए मेरा सबसे सब फुल यहाँ पे है तो इसको मैं फिर भी मैप के लिए कर लेता हूँ और यहाँ से जाना है अपने डेस्क टॉप जाना है ये देखिए अपना आरडी सर्विस ओपन होगा यहाँ पे ओपन करना है देखिए सेटअप न्यू आर डी यहाँ जाना है मोरफो आर और मॉरफो ड्राइवर दो चीज़ है यहाँ पर मोरफो सेटअप पर इसको क्लिक करना है राइट right क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे राइट right क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस यस करने के बाद नेक्स्ट इंस्टॉल थोड़ा देर वेट करना है देखिए मेरा पहले से ही इंस्टॉल है तो यहाँ पे दिखा रहा है फिर मैं कर लेता हूँ आप लोग भी ध्यान से देखते रहें स्टेप बाई स्टेप फुली हंड्रेड वर्क करेगा तो आप ध्यान रखें और आप लोगों में से किसी और को फिनो का फिनो सीएसपी चाहिए तो आप मेरे इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं नंबर पे व्हाट्सअप करें या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं फॉर्म दे दूंगा वहां पे आप फिल कर लें फिल करने के बाद मैं आप लोगों को तुरंत तो मतलब 24 घंटे के अंदर ही मैं आपको कॉल करूंगा ठीक है यहां पर रहना है इसको भी कर देना है यहाँ पर देखें ज़्यादा समय लेता नहीं बस दो से पाँच मिनट लेगा आपका हंड्रेड परसेंट वर्क करेगा आपका फिल्म जो मर्फों का काम है वो हंड्रेड परसेंट होगा इसमें मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी लूँगा अगर आपको ये वीडियोस में एक मित्र मतलब अच्छी लगी थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको इस परेशानी से कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े ठीक है चलिए आगे चलते तो फिनिश हो चुका है यहाँ पे नो आई विल स्टार्ट कम्प्यूटर लेटर इसको लेटर कर देना है फिर बैग जाना है बैग जाने के बाद इसको इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है ये हो जाने के बाद ये यह देखिए यहाँ पे ये यह हो गया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दो बार करना है ठीक है उसके बाद अपना फिनो पे जाना है फिनो पे लॉग कर लेना है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक एक और है जिसको आप लोगों को डाउनलोड करना ही है और वो लॉगिन होने के बाद ही होगा तो ध्यान से देखें मैं बताता पूरा तो मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ यहाँ पर जैसे ही लॉगिन हो जाएगा उसके बाद हम लोगों को जाना है यहाँ पे आ कर एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर रुक जाती है यहाँ पे आ जाना है एपीएस में एपीएस में आएगा थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे एपीएस में आते हैं एपीएस में आने के बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है यहाँ पे देखिए आरडी डी ड्राइवर ये ये जो है ये ये जो है यहाँ पर आर ड्राइवर इसको डाउनलोड कर लेना है इसको स्टार्ट ओके स्टेप टू कहीं भी मैं कर लेता हूँ जैसा कि सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी ये गलत मैंने बता दिया यहाँ से जाना है हम तो यहाँ पे जाना है फीनो, फीनो पार्टनर यहाँ पे जाना है देखिए जैसे कि ये है यहाँ पे जाने के बाद जाना था यहाँ तो यहाँ पे जाना है यहाँ पे जाने के बाद एक बार को हॉस्ट जॉनिंग जरूर करना यहाँ से ये देखिए ये आया ना ये सबसे बड़ी इशू होती है यहाँ पर ये वाली इशू सबसे ज़्यादा होती है यूटिलिटी रनिंग के लिए डिवाइस स्टडी के लिए तो यहाँ पे जाना है ये कर लेने के बाद यहाँ पे जाना है एडवांस्ड और प्रोसीड विथ अनसेफ ये हो जाने के बाद एक बार और चेक कर लेना है आपको से जाना है देखिए अब हम लोगों का हंड्रेड वर्क करेगा धन्यवाद अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें सब्सक्राइब करना ना भूलें सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको नई टेक्निक जो भी अपने फिनो में अपडेट आएगी फिनो अपडेट्स या फिर जो भी टेक्निकल अपडेट्स आएंगी वो आपको सबसे पहले मिलेगा थैंक यू